वैसे सफलता की कड़वी सच्चाई है कोई कहता है ज्यादा पैसे होना व्यक्ति को सफल बनाता है तो फिर कोई कहता है जिसके पास बड़ा घर है या फिर बड़ी गाड़ी है जो ऐसो आराम से अपनी जिंदगी को जीता है वही सफल है तो कोई कहता है जिसके पास कुछ नहीं लेकिन वो अपनी लाइफ को खुशी से जीता है वो सफल व्यक्ति है मतलब सफलता के लिए सबके पास अलग अलग सिद्धांत होते हैं। सफलता के लिए लोग अलग अलग अपने लॉजिक लगाते हैं। अगर आप अपने काम को अच्छी तरह से करते हुए अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहते हैं तब आप अपनी सफलता माप सकते हैं की कि आप कितने सक्सेसफुल है या तो फिर आप बस सिर्फ हवा में बातें करते हैं बस आप अपने दोस्तों के सामने प्लान बनाते हो कि भाई मैं ये कर रहा हूँ मैं ऐसे करूंगा लेकिन कहीं ना कहीं आप अंदर से डरते हैं कि क्या वो सच में हो पाएगा? या तो फिर उन लोगों को जब आप प्लान शेयर कर देते हो तब भी आपको कॉन्फिडेंट नहीं होता है कि आप कर लोगे बस बड़ी फेंकने के लिए या तो फिर अपने आपको बेस्ट दिखाने के लिए आप अपने प्लान को बताते हो और ये कहीं ना कहीं कड़वा सच है हमारी जिंदगी का की इसी वजह से हम सफल नहीं हो पाते आप अपनी लाइफ में क्या बनते हैं आप अपनी जिंदगी में कितनी बड़ी सफलताएं हासिल करते हैं या आप कितने बड़े लक्ष्य को प्राप्त करते हैं इसमें आप अपनी सफलता नहीं माप सकते कि आपने कितने पैसे कमाए कितनी गाड़ियां खरीदी कितनी ऐसो आराम से जी रहे हो ये कोई सफलता मापने का रास्ता नहीं